तो देखिए दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप भी कैसे नकली ब्लड बना सकते हैं जिसे आप मुंह में डाल सकते हैं और प्रैंक कर सकते हैं तो नकली खून बनाने का तरीका मैं बताऊंगा बहुत ही आसान है और दोस्तों ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो आपको चाहिए पानी चाहिए देखिए मैंने आधा कटोरा पानी लिया है और देखिए यहाँ पे चीनी लिया है मैंने और एक रुपये वाला देखिए कलर लिया है जो होली का सीज़न चल रहा है दोस्तों आपको किसी भी दुकान पे एक रुपये का मिल जाएगा और देखिए हल्दी पाउडर लिया है अब मैं बताऊंगा आप कैसे इसे ही से घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो देखिए आपको चीनी डाल देना है पानी में दोस्तों चीनी डालने से क्या होगा ये पानी जो है गाढ़ा हो जाएगा जिससे आपका खून गाढ़ा बनेगा थोड़ा तो देखिए मैंने पहले से ही चीनी डाल लिया है तो आप भी डाल सकते हैं थोड़ा सा आप जितना चीनी डाल सकते हैं आप इसमें जितना डालेंगे यानी ये उतना ही गाढ़ा होगा तो मैंने इससे देखिए इससे भर के मैंने डाला है चीनी तो और डालने ले आप भी डाल सकते हैं जितना आप डाल सकते हैं ये उतना ही गाढ़ा बनेगा तो चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है अब आपको पूरा मिला डालना है अब पूरा चीनी को मिला डालिए पानी में बिल्कुल से तो देखिए दो ने तो चीनी तो को मिला डाला ये पानी गाढ़ा हो गया है ये देखिए पानी थोड़ा गाढ़ा हो गया है अब आप आपको क्या करना है अब आपको डालना है इसमें हल्दी तो ठीक है आप हल्दी आप डाल लीजिए इसमें आप अगर एक रुपए वाली हल्दी खरीदते हैं तो आप इसमें एक पुड़िया डाल सकते हैं मैं देख, आपको दिखाता हूँ आप इसमें कितना डालेंगे तो देखिए मैं इसमें हल्दी लेता हूं देखिए दोस्तों मैंने इतनी हल्दी ली है तो आप भी ले लीजिए थोड़ी सी हल्दी तो अब इसमें पानी में मिलाते हैं अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से देखिए हम दोनों पैकेट को डाल देते हैं हमने पहले ही बहुत ढेर सारी चीनी डाल रखा है दोस्तों इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल लाल है लेकिन इतना लाल नहीं चाहिए हमें इसलिए थोड़ी हल्दी और डालनी होगी ये देखिए आप चाहे तो इतने में भी काम चला सकते हैं लेकिन थोड़ी सी हल्दी और डाल लेते हैं देखिए दोस्तों पहले ही काफी लाल हो चुका है इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल लेते हैं अब इसे हम मिलाएंगे तो देखिए दोस्तों हमारा ये फेक ब्लड बन चुका है जिसे हम मुंह में डाल सकते हैं ये मीठा भी है दोस्तों इसमें कलर डाला है हल्दी और कोई भी नुकसान नहीं है इसे अब हम देखते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है आपको बताते हैं तो वीडियो हम बने रहिए देखिए दोस्तों पेड़ पर से सुसाइड करने जा रहे हैं कूद के कैसे देखिए फिल्मों में कूद के जान देते हैं तो चलिए मैं इस नकली ब्लड का इस्तेमाल करना भी आपको सिखा दूंगा